नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल फतेहाबाद में एक 30 वर्ष की महिला ने अपने चार बच्चों के साथ जहर खा लिया महिला और उसके बच्चों ने फतेहाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर महिला किरण और उसकी 11 साल की बेटी नीशू और 8 साल की बेटी नीटू की मौत हो गई वहीं 5 साल की बच्ची आयना और दो साल के बेटे कशैस को गंभीर हालत में हिसार के सपरा अस्पताल में रेफर किया गया वहां पर इनका इलाज जारी है सोमवार दोपहर करीबन साढ़े तीन बजे हुई इस घटना की जानकारी शाम को पुलिस के पास पहुंची घटना के बाद मौके पर पहुंचे भट्टूकला थाना एसएचओ ओम प्रकाश ने बताया कि बनगांव निवासी किरण ने अपने चार बच्चों के साथ सल्फाज की गोलियां सेवन कर ली। इसके बाद एसएचओ ने बताया कि महिला के पति से कुछ महीने पहले जिसकी मौत हो गई थी और इसके बाद महिला मानसिक तौर पर डिस्टर्ब रहती थी परिवार साधन संपन्न है और किसी चीज़ की या आर्थिक तौर पर कोई दिक्कत भी नहीं है महिला के ससुराल पक्ष और मायके के पक्ष के लोग भी मौके पर हैं कोई और घटना के पीछे नहीं है पति की मौत लीवर में दिक्कत होने के कारण हुई थी फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए फतेहबाद के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया गया है वहीं परिवार के लोगों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी आगामी कार्रवाई में जुटी है पल बल, बल से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट ये कोई तीन साढ़े तीन बजे सूचना मिली थी कि किरण पत्नी वकील वासी बनगांव अपने बच्चों के साथ कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है और वो सद्भावना अस्पताल फतेहाबाद में दाखिल है जो आने पर यहाँ पता लगा कि डॉक्टर बताया कि सल्फास की टेबलेट खाई है इसमें किरण की उसकी बेटी दो बेटियों की डेथ हो गई है दो बच्चे छोटे आयना और कैसी सीरियस हैं उसको हॉस्पिटल में रेफर किए जा चुके हैं बाकी कोई संदिग्ध मामला नहीं है क्योंकि दो तीन महीने पहले उसके पति की डेथ हुई थी और उसका तो तो मामले में या किसी प्रकार की कोई पो? नहीं दोनों परिवार यहाँ इकट्ठे हैं धोलपुर उसका मायका था बड़गाँव उसकी ससुराल है सभी लोग इकट्ठे हैं तो कितने बजे जैर खाया इसने ये दिन में कोई तीन, तीन बजे करते ही उन्होंने बस थोड़ा बहुत पति की डेथ के बाद थोड़ा बहुत डिस्टर्ब थे बाकी ऐसी लंबी कोई बात नहीं थी परिवार साधन संपन्न है कोई तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं तो उम्र क्या है बच्चों की जिस बच्चों की डेथ हुई है एक बेटी की उम्र 11 साल है एक की 8 साल है जो बेटी आयना है जो अभी ठीक है वो पाँच वर्ष है और बेटा जो कशिश है दो वर्ष का है महिला की क्या उम्र है जी महिला की उम्र 30 वर्ष है तो पति की किस कारणों से दे डेथ हुई थी कोई उनके कोई लीवर में गड़बड़ हो गई थी उस लीवर की वजह से उनकी मायका कहाँ का है मायका दो ठीक है धन्यवाद